रैंक एक के कमरे के अंदर की हफ्ते भर की ट्रेनिंग बाहर की महीने भर की ट्रेनिंग के जितनी असरदार थी यही वजह थी कि ध्रुव के शरीर में फिलहाल किसी बाढ़ की तरह शक्तियां बहे जा रही थी इसलिए खुद ध्रुव को पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर महसूस होने लगा था इसके साथ ही ध्रुव समझ गया था कि वो कमरा पूरे सिक्स लेवल्स में मौजूद किसी भी कमरे से ज्यादा खास था फिर ध्रुव ने करिश्मा की गोलियां तैयार की और फिर कुछ दवाइयां खुद भी खाई उसके बाद वो उठा और उसने अपने अकड़े हुए शरीर को ठीक किया लेकिन कमरे से बाहर जाने का ध्रुव का कोई और उसने करिश्मा के सामने ट्रेनिंग की वही ध्रुव को एक बार फिर ट्रेनिंग शुरू करते देख करिश्मा उसे ऐसे देखने लगी जैसे उसके सामने कोई पागल लड़का बैठा हो ये लड़का तो पूरी तरह से पागल है ऐसे कौन ट्रेन करता है ये कहकर करिश्मा मजबूरी में खड़ी हुई और वो तेजी से उस कमरे से बाहर चली गई ध्रुव पहले ही फैसला कर चुका था कि वह आग शक्ति टावर में जाकर तब तक ट्रेन करता रहेगा जब तक ताकत पर लोगों के मुकाबले की शुरुआत नहीं हो जाती नहीं कर सकता था अगर सब कुछ सही चलता रहा तो ध्रुव वाकई ताकतवर लोगों के मुकाबला शुरू होते तक ट्रेन करता रहता लेकिन जैसे ध्रुव की ट्रेनिंग को चौदह दिन गुजर गए तो अगले दिन अचानक से आग शक्ति टावर में ऐसी अनहोनी होने लगी जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी इस वक्त रैंक एक के कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी ध्रुव पालती मारकर अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ था और कमरे से ढेर सारी लाल रंग की शक्तियां उसके शरीर में जा रही थीं। आखिर में वो शक्तियां ध्रुव के शक्तियों के रास्ते में पहुंचकर सीधे उसके शक्तियों के हीरे की तरफ बढ़ रही थी तभी अचानक ध्रुव को उस कमरे में एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी और इस आवाज के तुरंत बाद एक झटके में वो कमरा धीरे धीरे कांपने लगा वही उस कमरे में काटने की वजह से शुरुआत में जो शांत शक्तियां उस कमरे में मंडरा रही थीं, वो अब किसी खोलते पानी की तरह लगने लगी थीं। जाहिर सी बात है कि रंग बदलने लगा और उसने आखें खोलते हुए कहा अचानक से इस कमरे की शक्तियां इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई और तो और ये शक्तियां काफी जंगली और आक्रमक भी हो गई है इतने में पूरे आग शक्ति टावर के हर लेवल में एक बुजुर्ग की भारी आवाज गूंजने लगी टावर एक ख्याल गूंजने लगा जरूर आग शक्ति टावर में कोई गड़बड़ हो गई है वही उस बुजुर्ग की आवाज सुनने के बाद ध्रुव थोड़ा हैरान तो था लेकिन उसने खुद को काबू करते हुए अपना आग शक्ति कार्ड वापस लिया और खड़े होते हुए मनी मन सोचा आखिर यहाँ ऐसा क्या हो गया कि बुजुर्गों को यह टावर खाली करवाना पड़ा तभी ध्रुव को आचार्य विदुर की हैरत भरी आवाज सुनाई दी आग शक्ति टावर के अंदर की शक्तियां अचानक से बहुत ज्यादा जंगली हो गई है ध्रुव इसके पीछे जरूर दिल बहार दिव्य रोशनी का हाथ है दिल बहार दिव्य रोशनी लेकिन आचार्य आपने तो कहा था कि उसे बगावत करने में अभी भी कुछ महीने बाकी है कहीं ऐसा तो नहीं की उसकी बगावत अभी से शुरू हो गई है ये कहते वक्त ध्रुव दंग रह गया था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था, था। दिव्य तो रोशनी का बढ़ चुका गुस्सा होगा लेकिन उसके इस गुस्से से मुझे इतना यकीन हो गया है की मैंने तुमसे जो कहा था वो बिल्कुल सच था अब से दो या तीन महीनों में दिल बहा दिव्य रोशनी इस आग शक्ति टावर से जबरदस्ती बाहर निकलने लगेगी और उस वक्त उस दिव्य रोशनी को कैद करने का सबसे अच्छा मौका होगा ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और उसे अपने शरीर में जलती आग भी बहुत बढ़ती हुई महसूस हुई लेकिन ध्रुव के पास फिलहाल सोचने का जरा भी वक्त नहीं था अभी तो आग शक्ति टावर की शक्तियां इतनी ज्यादा जंगली हो गई थी इसमें ट्रेन करना नामुमकिन हो गया था लेकिन सबसे समझदारी वाला कदम ध्रुव के लिए यही होता की वो यहाँ से जल्द ऐसी जल्द चला जाए क्यूँकी अगर ध्रुव किसी मुश्किल में फंस गया तो शायद उसे पता भी न हो की मुश्किल से निकलना कैसे है यही सोचकर ध्रुव तुरंत उस कमरे से बाहर निकला लेकिन उसके बाहर निकलते ही अचानक से एक बहुत गर्म शक्ति उस पर उछल पड़ी इस गर्म शक्ति की वजह से ध्रुव को अपने में एक सी जलन महसूस हुई। साथ ही उसे दर्द भी महसूस होने लगा इसके अजीब सी भगदड़ मची हुई थी एक के बाद एक ट्रेनिंग रूम का दरवाजा खुलता गया और स्टूडेंट्स बाहर आने लगे बाहर आते ही वो सभी एक दूसरे के चेहरों को देखने लगे क्योंकि आग शक्ति टावर में ऐसा पहली बार था जब किसी बुजुर्ग को ऐसा ऐलान करना पड़ा था और जैसे ही ध्रुव अपने कमरे से बाहर आया, तो उससे थोड़ी दूरी पर बने मैं बिल्कुल लेकिन उसके जवाब के बाद ब्रुना ने कुछ सोचते हुए हल्की परेशानी के साथ उससे आगे पूछा मुझे समझ नहीं आ रहा यह सब क्या हो रहा है इस तरह के हालात तो आज तक आकशक्ति टावर में कभी नहीं हुए उसकी बात सुनकर ध्रुव अपना सिर हिलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था फिर उसने कुछ सोचकर अपनी नजर उस बड़े से काले दरवाजे की तरफ की जो उस लेवल के आखिर में बना हुआ था इसके अलावा ध्रुव यह भी महसूस कर रहा था कि इस वक्त उसके शरीर में हरे रंग की दिव्य रोशनी तेजी से उठने लगी थी इसके एक पल बाद उसकी आंखों में भी अचानक हरे रंग की रोशनी चलने लगी और उसकी काली आंखें हरे रंग की हो गयी इसके साथ ही ध्रुव को अपनी आँखों में एक अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी लेकिन ध्रुव को कुछ ऐसा दिखा जिसे वो देख हैरान रह गया दरअसल ध्रुव ने देखा था कि उस बड़े से काले दरवाजे के पीछे जो अंधेरा था वह अचानक से ध्रुव के लिए गायब होने लगा और ध्रुव को अंदर होता सब कुछ दिखाई देने लगा इस वक्त ध्रुव देख रहा था कि उस जगह पर एक अदृश्य रोशनी छटपटाते हुए दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी अगले पल एक बहुत अजीब सी चीख सुनाई पड़ी इस चीख के तुरंत बाद वो अदृश्य रोशनी किसी ज्वालामुखी की तरह उफनाते हुए सीधे टावर के ऊपरी हिस्से में जाने लगी वही इस के आते ही ध्रुव को बहुत सी बूढ़ी आवाजे भी सुनाई देने लगी रोशनी सील ये उस आ रही थी। जिसके सारी सीधे जाकर शक्तियों के उस रंगीन पर्दे से जा टकर दोनों के टकराते शक्तियों की लहरें उठने लगी ये लहरें इतनी ज्यादा ताकतवर थी की कोई महादक्ष तक एक झटके में मारा जाता आखिर में वो लहरें दीवारों से टकरा कर धीरे धीरे बिखर कर गायब होने लगी इस दौरान शक्तियों से बना वो पर्दा जो बड़ी सी ताकतवर लहर जैसा था अचानक से मुश्किल में दिखाई देने लगा उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पर्दा कुछ ही देर में टूटने वाला है लेकिन किस्मत से वो टूटा नहीं बल्कि वो तो अदृश्य रोशनी की खतरनाक ताकत को झेलने में कामयाब हो रहा था जिस दौरान धर्फ लगातार उस दरवाजे की तरफ देख रहा था उतने में अचानक उसे एक बुजुर्ग की भारी आवाज सुनाई पड़ी तुम लोगो को समझ नहीं आता क्या तुम्हें आसमान और कुदरत की खौफनाक ताकत का अंदाजा भी नहीं है बड़े बुजुर्ग ने सभी को बोला है आग शक्ति टावर ऐसी बाहर निकलने को तो तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो यह आवाज सुनते अचानक ध्रुव की आंखें धुंधली होने लगी और उसमें जलती हरे रंग की रोशनी गायब हो गई इस बात के चलते को एक बार फिर उस काले दरवाजे के पीछे अंधेरा दिखाई देने लगा चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो कोई मामू स्टूडेंट उस दरवाजे की दूसरी तरफ होती लड़ाई को देख नहीं सकता था तभी ध्रुव ने आ भरते हुए मजबूरी में खुद ऐसी कहा मेरे ख्याल से वो अदृश्य रोशनी दिल बहाड़ दिव्य रोशनी का असली रूप होना चाहिए उसकी ताकत तो वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक है अगर उसे मेरे ख्याल से वो रंगीन शक्तियों का ने अपनी शक्तियाँ मिला कर तैयार किया होगा उसकी ताकत भी कितनी ज्यादा है वो शक्तियों का पर्दा तो दिल बहार दिव्य रोशनी जैसी ताकतवर चीज का हमला झेलने में भी कामयाब रहा बदकिस्मती से मैं इन दोनों की इस लड़ाई को और नहीं देख सकता इतना कहकर ध्रुव ने अपनी नजरें घुमाई और तभी उसे एक बुजुर्ग नजर आया जो उस लेवल के स्टूडेंट्स को वहां से भगाने में लगा हुआ था वहीं बुजुर्ग की बात सुनकर ब्रुना ने उनसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप ध्रुव का हाथ खींचकर उसे बाहर ले जाने लगा जाहिर सी बात है कि आग शक्ति टावर की शक्तियां जुंगली होती जा रही थी इसलिए ब्रुना भी वहाँ काफी खतरा महसूस कर रहा था लेकिन ध्रुव का तो जरा सा भी मन नहीं था वहां से जाने का जिस वजह से वो लगातार उस काले दरवाजे की तरफ ही देखता रहा मगर ब्रुना के हाथ खींचने की वजह से वो बिना कुछ कहे आग टावर के बाहर चला गया फिर वो भीड़ में से होते हुए ऊपर पहुंचा इस दौरान आग टावर के दरवाजे पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो रखी थी जहाँ हर तरफ शोर सुनाई दे रहा था। लेवल की शांति के बाद इतना शोर अचानक से ध्रुव के कानों में चुबने लगा इसलिए उसे हाथ रख अपने कान बंद करने पड़े वहाँ मौजूद सभी लोग अपने अपने लेवल से बाहर निकल आए थे इसलिए वो सभी हड़बड़ी और घबराहट के साथ आग टावर में होती हरकत के बारे में बात कर रहे थे सी बात है कि आज की की इस घटना वजह से सभी के दिल में आग शक्ति टावर का थोड़ा डर भी बस गया था। लेकिन ध्रुव इन लोगों की बातचीत को नजरअंदाज कर चुपचाप आग शक्ति टावर के ऊपरी हिस्से को देखता रहा ऐसा शायद बुजुर्गों की शक्तियों के पर्दे की वजह से था लेकिन ऊपर आते आते जंगली शक्ति काफी कम हो गई थी मगर ध्रुव अपनी दिव्य रोशनी की वजह से दिल बाहर दिव्य रोशनी और उस पर्दे के मुकाबले को भी महसूस कर पा रहा था इस मुकाबले से ध्रुव को दिव्या रोशनी की बगावत का अंदाजा लगने लगा था इस बात के चलते ध्रुव ने फिक्र करते हुए सोचा। इस हिस्से के को दबाने में के या नहीं अगर वो ऐसा करने में कामयाब रहे तो मुझे तैयारी करने का थोड़ा और वक्त मिल जाएगा लेकिन अगर वो उसे काबू नहीं कर पाए तो मुझे अभी, अभी कोशिश करनी होगी मगर मुझे डरा कि इतनी जल्दबाजी में मेरे नाकाम होने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे ध्रुव अच्छी तरह जानता था कि अगर उसे दिव्य रोशनी को काबू करना था तो उसके पास तभी मौका था, जब वो रोशनी टावर से बाहर निकले नहीं तो दिल बहा दिव्य रोशनी जैसी समझदार दिव्य रोशनी में कहीं छुपाती और ढूंढना ध्रुव के लिए तक नामुमकिन हो जाता इतने में ध्रुव की फिक्र देखकर आचार्य विदुर ने उसे समझाते हुए कहा फिक्र मत करो ध्रुव दिल बहा की इस बार की बगावत बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है और अंदरूनी हिस्से के बुजुर्ग भी कोई मामूली योद्धा नहीं है इसके अलावा वो बड़ा बुजुर्ग भी बहुत ताकतवर है जिस वजह से वो रोशनी किसी भी आचार्य की बात सुनकर ध्रुव ने एक बुजुर्ग इस मामले को संभाल लेंगे फिर ध्रुव एक पल के लिए कुछ सोचते हुए वहां रुकने का बहाना बनाने लगा जाहिर सी बात है कि वो ऐसे वहां से कैसे जा सकता था यही सोचते हुए उसने अपना सिर हिलाया और ब्रुना उसे देखकर मजबूरी में मुस्कुराने लगा तुझे रुकना है तो तो रुक मैं तो वापस चला लेकिन याद रखना ध्रुव अगले चार दिनों बाद ताकतवर लोगों का मुकाबला शुरू होने वाला है उस वक्त अगर मेरा मुकाबला तुझसे हुआ तो मैं अपनी शक्तियां रोक कर नहीं रखूंगा इसलिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं <laughs> वैसे तो ध्रुव का ध्यान इस वक्त कहीं और ही था लेकिन फिर भी ब्रूना को देखकर उसके चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराट आ गई वहीं ब्रुना वहां से जैसे ही चला गया तो ध्रुव एक बार फिर अपनी नजरें उठाकर आग शक्ति ट्रेनिंग टावर के ऊपरी हिस्से की तरफ देखने लगा वक्त के के साथ साथ टावर के बाहर खड़े लोग कम होते गए और कुछ ही वक्त में वो जगह पूरी तरह से खाली हो गई ध्रुव पास के एक पेड़ की डाल पर खड़े होकर टावर की तरफ नजरे किए हुए था मगर उसकी आंखे बंद थी और वो टावर के अंदर होते मुकाबले को महसूस कर रहा था ध्रुव अपनी दिव्य रोशनी की मदद से आग शक्ति टावर के अंदर होते मुकाबले को तो महसूस कर पा रहा था लेकिन वो उसे उस तरह से देख नहीं पा रहा था जैसा कि वो टावर के अंदर से देख पा रहा था इसलिए रोशनी को, को, इस को शांत होते ऐसा लगता है की सभी बुजुर्ग इस बार दिल बहा दिव्य रोशनी को दबाने में कामयाब रहे ये बात महसूस कर ध्रुव ने एक चैन की सांस ली क्योंकि बुजुर्गो की वजह से उसे और वक्त मिल गया था दिव्य रोशनी को हासिल करने के लिए खुद को तैयार करने का फिर द्रुव उस पेड़ से नीचे उतर गया, लेकिन जैसे वो वो पीछे मुड़ा, तो देखकर ंग रह गया क्योंकि एक काले कपड़े पहने बुजुर्ग उसके ठीक पीछे खड़े थे क्या होगा जब ध्रुव मिलेगा बड़े बुजुर्ग से जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्ध था नूनली आर जिवांश के साथ सिर्फ पॉकेट एफ पर